दिग्विजय सिंह को बिस्टर बंटाधार कहकर भाजपा ने दिग्विजय सिंह की सरकार गिरा दी थी और अब भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को झूठनाथ कहना शुरू कर दिया है एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ को झूठनाथ कहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान दो आज लॉन्च किया जा रहा है इसमें सड़सठ सेवाओं का लाभ जनता को मिलेगा वही कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पूरी तरह से कपोल कल्पित और दिवा है ये सारी बातें आपकी विचार में और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा कपोल कल्पित है कल्पमाओं में है और देवास्वप्न स्वप्न है इन्हें कुछ देना ही नहीं है इसलिए जनता में ये पूर्व की भांति जैसे एक बार किसानों को कर्ज माफी का भ्रम फैलाया नौजवान को बेरोजगारी का फैलाया कन्याओं को इक्यावन का फैलाया वही है ये क्रम डॉक्टर मिश्रा ने कहा कमलनाथ मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना तो दूर इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं मिश्रा ने कहा कि झूठ के सहारे पर वर्तमान में कांग्रेस चल रही है और कितना झूठ बोलेंगे झूठ नाथ जी कमलनाथ जी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का आपके नेता बोल रहे हम तो आपको जम माने जब राजस्थान छत्तीसगढ़ और में लगवा ये मध्य प्रदेश है कमलनाथ जी जी को बताएं यहाँ प्रतिबंध लगाना तो बहुत दूर की बात है कोई तो विचार भी नहीं कर सकता है मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने का झूठ डाथ की तरह आप ये फिर लगातार झूठ बुलवा रहे हो अपने लोगों से और आप आपकी सह पर बोला जा रहा है जी मध्य प्रदेश में हर गिज नहीं होगा ये सब देखिए वो जो कर रहे हैं वो एक दिन का शो था उनका और उसमें भी उन्होंने ये गलती की है क्योंकि उनको देना तो है नहीं सरकार उनकी आना नहीं है इसलिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं सिर्फ झूठ के सहारे पर वर्तमान में कांग्रेस चल रही है कितना और झूठ बोलेंगे झूठ नाथ जी मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है